Chuvalai the me the one, babba chire the babba, chire the babba, ch ch chire the babba. Chuvalai the me the one, babba chire the babba, chire the babba, chire the babba. Aapata raja kari honey me se khodke, Janata namma jalega kora be me se khodke. Namana, aapata. आईजीजी उमेश शुक्रिया तुम्हारा जीत से बब्बा जीत से बब्बा जीत से बब्बा जीत से बब्बा आई लव यू बाई डिजी उमेश सुखी पुण्य बचाए तुमसे बब्बा तुमसे बब्बा तुमसे बब्बा राइटर सो텐दर शरीरिया खकाई चुम्मा लेबे सब बरखा फुवाई न मन बत ले लो देसी भुजेंद्र शरीरिया खकाई चुम्मा लेबे सब बरखा फुवाई बिंकू राजा